वीर का भगाया मोटे घर कुल बेन त्याग ज्या भूख प्यास सारी पापा सोतो सो को सावाग ज्या सोतो को, सो को सावाग ज्या बुजे ते भी बुजे कोना काया में फलग ज्या पड़या रे जाली के माजिने रासा जा विचार जिन रासा लाग्या ओए लगत या लपेटो जी की जमदीर सा